कहते हैं कि संगत का असर जरूर आता है तो सलमान का साया कहे जाने वाले शेरा पर भी आ गया है इसीलिए तो अब सलमान के बॉडीगार्ड गार्ड शेरा भी एक्टिंग की दुनिया में अपने कदम रखने को तैयार हैं। और उनका ये सपना खुद सलमान खान पूरा कर रहे हैं बॉलीवुड के भाईजान का दिल कितना बड़ा है ये तो सभी जानते हैं सलमान ने कई सितारों को इंडस्ट्री में लॉन्च भी किया है सलमान खान को इंडस्ट्री का गॉडफादर कहा जाता है अब ये खबर सुर्खियों में है कि सलमान उनके बॉडीगार्ड गार्ड शेरा के बेटे टाइगर को इंडस्ट्री में लॉन्च करने वाले हैं। वहीं सलमान टाइगर को डेब्यू के लिए ट्रेनिंग भी दे रहे हैं लेकिन ट्विस्ट ये है कि अब सलमान के बॉडीगार्ड गार्ड शेरा भी फिल्मों में एक्टिंग करना चाहते हैं शेरा ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्टिंग करूंगा। लेकिन अब मैं सोचता हूं कि अच्छी स्क्रिप्ट मिलती है तो मुझे एक्टिंग जरूर करनी चाहिए इसीलिए मैं एक्टिंग में डेब्यू करने के लिए तैयार हूँ शेरा के इस इंटरव्यू के बाद लोग ये कयास लगा रहे हैं कि सलमान शेरा को भी कास्ट करेंगे जाहिर सी बात है सबको इंडस्ट्री में मुकाम हासिल कराने में मदद करने वाले सलमान अपने ही बॉडी शेरा की मदद क्यूँ नहीं करेंगे वो खबरें जो आपके काम की है